किसान ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली किसान घर से खेत का कहकर निकला था और उसने वहीं पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली बताया जा रहा है कि किसान पर कर्ज था जिसके चलते वो परेशान रहता था फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है किसान दयाशंकर राजपूत कर्ज से परेशान थे कर्ज न चुका पाने से परेशान होकर फांसी का फंदा लगाकर उन्होंने अपनी जान दे दी मृतक के भाई का कहना है की दयाशंकर की पिछली फसल पानी की वजह से खराब हो गई थी इसलिए उसने पानी के दो बोर खुदवाए थे लेकिन उसमें पानी नहीं निकला जिससे वह परेशान हो गया बीते दिन वह खेत के लिए निकला था वहीं पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली मामला छतरपुर के बेरदी गांव का है बताया जा रहा है कि मृतक किसान पर साहूकार का तीन लाख से ज्यादा का कर्ज था उसे पीएम किसान निधि के रुपए भी नहीं मिले थे और न ही खराब फसल का बीमा मुआवजा मिला पुलिस मामले की जाँच कर रही है मेरा भाई खत्म हो गया है पिछली फसल नहीं हुई वो सारी पानी में नष्ट हो गई और उसके बाद खेती के लिए फिर से बोरिंग करवाई दो बोरिंग करवाई दो दो सौ फुट गहरी मोटर लाए एक क्वेंटल तार भी लाए लाइट खींचने के लिए इसमें पूरा खर्चा ढाई तीन लाख का हो गया पिछली बार पानी नहीं था पिछले साल इस बार में अभी हुआ था थोड़ी बहुत तो पानी बरस गया तो सारी फसल नष्ट हो गई तीन बच्चे हैं साथ एक लड़का दो छोड़ी लड़का चौदह साल का एक लड़की है बारह साल की एक लड़की नौ साल की ना कोई मुआवजा नहीं दो हजार चार हजार रुपया नहीं आते पीएम मोदी के ये भी नहीं आते हैं हाँ और क्या टेंशन में तो थे अपनी यही टेंशन में खत्म हुए बाकी टेंशन नाम रगौली बरेली का पोर् थाना माधुआ अंतर्गत क्षेत्र का प्रखंड है यहाँ पे मृतक दयाशंकर राजपूत सन अपनाथु राजपूत लगभग उम्र पैतीस साल इनकी कल रात को सूचना मिली की आत्महत्या कर ली अपने खेत में